तो चैतन्य मनो स्वयं रूप महादेवामे यम नाथी सम्पदां दिकं वंदे हम स्वी गुरु स्वी तापदिकं मनं स्वी गुरु नमः स्वी रूपं सागर जातं सागर नाम दिकं दत्त सर्वं सागरेतं सागर दुतं परजन्म सैं दुत्रिष्णा चैतन्य देवो स्वी राधा कृष्ण पदां सेग्रेतुजाति श्री शांति शांति हे कृष्ण कृणा सिंधु दीनबंधो जगत् कांशना गौरांदी राधे ऋषाकूप सेवने जैसी मिश्रा प्रभु श्री कृष्णा चैतनिया राध श्रीवास हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम भद्राय रामचंद्रा वेद से रघुनाथा नाथा सीताजय नम मो विष्णु पादा कृष्ण प्रिश्ण कृष्णा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नमस्ते सारस्ते देवे गौरवाणी सारस्वती पाशात हरे कृष्णा तो सभी का स्वागत है तो भगवदगीता यथारू अध अध्याय नौ श्लोक मस और नौ में हमने क्या सीखा था नौ में भगवान बता रहे थे कि ये जो प्रकृति है वो मैं ही क्रियान्वित करता हूँ और मेरे निर्देशन में ही कार्य करती है मैं ही आज्ञा देता हूं लेकिन मैं उदासीन रहता हूँ ठीक है तो दो वर्ड का थे उदासीन व एक उदासीन में क्या अंतर है तो भगवान आज के श्लोक में ये बताएंगे कि आप क्लियर कर रहे हैं कि उदासीन व या उदा, उदासीन उदासीन वै उदासीन नहीं है अगर उदासीन होते तो वो बताया ना कि फिर तो उसे कोई मतलब ही नहीं है कुछ भी करो लेकिन सारी व्यवस्था कर रहे हैं और लेकिन फिर भी उससे अलग हैं और कोई तो मतलब नहीं है मतलब करने के बाद जो चाहे करना है करो जैसे कि एक एग्जांपल और आता है इसका कि इंद्रिया दे दी बता दिया तो सारे मैंने कल इंद्रिया देवी दे तो आप ठीक है इंद्रिया भगवान ने दी सब्जेक्ट भी सारे भगवान ने दिए हैं लेकिन तुम्हें करना क्या है कैसे करना है उसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते तो इसलिए उदासीन वत कहा गया था तो उसको और आज क्लियर करेंगे मतलब कि उदासीन वो तो कैसे कैसे में उदासीन वत हूँ मतलब ठीक है तो देखो आप एक बता रहे हैं श्लोक फेमस है श्लोक है वैसे याद करने लायक श्लोक है मैया प्रकृति शूयते सचरा चरम हेतुन कौंतेय जगदीपरिवर्त म्यक्षेण प्रकृति चरा चरम हेतु नौ जगदीपरिवर्तते मया अध्यक्षेण प्रकृति अध्यक्ष समझते अध्यक्ष प्रेसिडेंट जैसे कि ऐसा समझाता हूँ अगर कोई फैक्ट्री का मालिक है तो एक हो गया फैक्ट्री का मालिक और बाकी सब इम्प्लॉय हो गए उसके काम करने वाले ऐसे ही पूरे प्रकृति के मालिक कौन है कृष्ण और प्रकृति क्या हो गई इम्प्लॉय एक्चुअली प्रकृति स्त्री पुलिंग है तो जब उसमें गर्भपात करते हैं भगवान स्त्री है ना तो गर्भपात करते हैं तो सारा कुछ आता है ना प्रकृति प्रकृति स्त्रीलिंग है तो भगवान पुरुष है ना कहना है सिर्फ भगवान पुरुष है बाकी सब स्त्रीलिंग ही मतलब हम सब तो भगवान एक पुरुष है तो भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तो सारी फिर सृष्टि तो माया अध्यक्ष प्रकृति मतलब मेरी अध्यक्ष अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है मय अध्यक्षता प्रकृति कैसे जैसे अधि यक्ष अधि मतलब उधर नीचे यक्ष आंखें मतलब मेरे आंखों के नीचे यानी भगवान दृष्टिवाद करते हैं देखते हैं ऐसे पृथ्वी पे वो उसकी आंखों के नीचे रहती है पृथ्वी हमेशा कौन क्या कर रहा है इसके कर्म क्या है क्या नहीं है सब कुछ देख रहे हैं सब कुछ है लेकिन उदासीन रहते हैं उससे भले कोई पिट रहा हो या कोई अमीर बन रहा हो मतलब नहीं वो अपने कर्म के साथ से बन रहा है अगर उदासीन नहीं होंगे तो तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना फिर तो भगवान किसी को ऊपर चढ़ा देंगे नीचे दे तो फिर तो ये पक्षपात हो जाएगा और भगवान पक्षपात नहीं करते क्योंकि भगवान सम है लेकिन दुनिया समझती है भगवान विषम है विषम इसलिए समझती है कि बोरा क्यों हो रहा है एक पिताजी थे उसका जवान लड़का की मृत्यु हो गई तो यार भगवान पिता के सामने लड़के की मृत्यु हो गई लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा है कि वो उसके कर्म यहीं तक थे उसकी लाइफ यहीं तक थी तो वो जाएगा ही जाएगा लेकिन वो सोचते भगवान ने ऐसा कर तो बहुत बेकार है क्रूर है भगवान तो भगवान पे विषम पे विषम बताते है भगवान को ठीक है तो मानो हो नीचे और भगवान को सब पता है क्योंकि दृष्ट नीचे है तो भगवान तो सब देख ही रहे ना ऊपर से अगर कोई चीज ऊपर है तो ऊपर तो नहीं देख सकते लेकिन कोई चीज ऐसे नीचे सामने तो नीचे तो हमेशा नजर रहती रहती है फिर कह रहे हैं सचरा सचाराचरम मतलब भगवान की अध्यक्षता में प्रकट होते हैं कौन प्रकट होते हैं चलने वाली प्राणी मतलब चलने वाली चीज और ना चलने वाली चीज यानी लिविंग और नॉन लिविंग चलने वाली और ना चलने वाली ये सब भगवान की अध्यक्षता में ही प्रकट होते हैं सारा कुछ फिर कह रहे हैं हेतु और इस मान लो कि फिर दृष्टिपात कर दिया प्रकृति एक्टिवेट हो गई मतलब माया को हैंडओवर कर दिया सारा माया देख रही है उसके बाद फिर जीव का जन्म होता है फिर जीव विभिन्न विभिन्न परिणाम होते हैं फिर उथल पुथल होती रहती परिणाम होते हैं और विभिन्न प्रकार से फिर कार्य होते रहते हैं फिर क्योंकि माया इस प्रकृति को चलाती है तो प्रकृति के तीन गुणों के साथ से रजोगुण है चलना फिरना सोना खाना पीना उठना बैठना कपड़े पहनना कपड़े भी रजोगुड़ तमोगुड़ सतोगुण में होते हैं धोती कुर्ता पहने सतोगुण में फैशन वाले ज्यादा पहन ली तो उसमें कम पहन ली तो तमोगुड़ में तो सब कुछ तीन गुणों के हिसाब से ही हो रहा है हर एक चीज यहाँ पे तो एक तरीके से मतलब भगवान ने दृष्टिपात जब किया प्रकृति को तो प्रकृति ऐसा नहीं कि प्रकृति कोई जड़ है मतलब ऐसी है बाकी सब प्रकृति कर रही है लेकिन भगवान के अध्यक्षता में कर रही है जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना देखो जी भगवानवान कोई नहीं सब कुछ प्रकृति है प्रकृति ही भगवान है प्रकृति तो सब कुछ कर रही है कलय हो रहा है जो भी हो रहा है वर्षा वर्षा हो रही गर्मी हो रही सर्दी हो रही ये कौन कर रहा है प्रकृति तो भगवान ने इस चीज को यहाँ पे काटा है कैसे नहीं मैया अध्यक्ष प्रकृति जो प्रकृति है वो मेरी अध्यक्षता में कहा करती है जैसे कि कोई अध्यक्ष है मतलब किसी स्कूल का या किसी टेम्पल का तो उसके हिसाब से तो सारा काम होगा ना देखने में नहीं लगेगा वो भले है या नहीं लेकिन उसने जो रूल बना दिए नहीं जैसे प्रभुपात जी अभी है नहीं यहाँ पे वैसे तो हैं लेकिन वैसे नहीं है लेकिन उनकी अध्यक्षता सब हो रहा है ना उन्हें जैसा बताया वैसा चल रहा है रूल रेगुलेशन उन्हें बोला की फूड फॉर लाइफ खोलो तीन किलोमीटर तक कोई भूखा नहीं होना चाहिए इस तरीके से तो वो चल रहा है आज तक तो इस तरीके से तो हे कुंती पुत्र यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है मतलब भौतिक शक्तियों में से एक है तो और भी शक्ति क्या भगवान की और कौन कौन सी शक्ति भगवान की भौतिक शक्ति को छोड़ के हाँ पराशक्ति परा तो यही होगी ना भौतिक और कौन सी है और? हाँ और <laughs> मतलब परा परा पराशक्ति मतलब परा। आध्यात्मिक जगत के बारे में बोल रहे हैं और उनकी अंतरंगा शक्ति है संविध शामी मतलब सारी भी आ जाती है तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं अब देखो ना कैसे उत्पन्न हो रहे हैं भौतिक शक्ति जो प्रकृति है उसमें दृष्टिपात करते हैं तब ये प्रकट होते हैं ये मतलब ब्रह्मांड हो गया ब्रह्मांड के अंदर कैसे प्रकट होता है चर अचर ये सोचो पत्थर कहाँ से आया नहीं पत्थर मतलब क्या क्योंकि रख गया था के, के पे कहां से आया तो चर अचर मतलब न चलने वाले चलने वाले मतलब तो जीवित न जीवित यानी इस जगत में जो भी चीज है वो भगवान ने तो नहीं बनाई है देखा ना जंगल में कभी कह एक अंडूखा होता है कौन सा वो फल लगा रहता है उसमें कांटे कांटे निकलते रहते हैं और एक वो फाड़ उसमें रुई से निकलती है तो क्यों क्यों है वो उसका यूज कभी किया है तो अगर कोई बोले भगवान ने वो क्यों बनाया <laughs> हर किसी का यूज है मैं पता नहीं होगा उसका भी यूज होता होगा किसी न किसी में किसी न किसी में होता होगा हर चीज का नीम का नीम का पता है कितना फायदा है नीम का पेड़ जहाँ होता है वहां भूत पेड़ नहीं आते नीम के पेड़ के नीचे इतनी शक्ति पावर होती नहीं और वैसे भी पावर होता है क्योंकि नीम के उसमें इतना वो होता है कि अगर तुम तो उसे पानी ही खा कर दो सारे कीटाणु बिटाणु मर जाते हैं तो इसलिए अगर हम पत्ते की सब्जी कभी खा लेते हैं तो हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो भी होंगे सब मर जाते हैं तो इससे हो जाता है तो हर चीज नीम खा वहाँ पे हाँ तो भगवान ने ऐसे ही नहीं बनाया प्रकृति में हर एक चीज है तो हर एक चीज कुछ ना कुछ तो काम है इतने सारे कीड़े वीड़े देखे तो कभी अलीब टाइप के कभी देखे नहीं होंगे वैसे कीड़े देखोगे क्यों है कुछ तो करते हो तो वैसे ही तो भगवान ऐसी कुछ नहीं बनाते कह रहे कि उत्पन्न होते हैं और इसके शासन में यह जगत बारम्बारती और विनष्ट होता रहता है सारा कुछ ठीक है तो चर और चर मतलब लिविंग और नॉन लिविंग तो ये सब के सब भगवान के अनुगत है सारे जीव जो भी है पूरा तो उन्ही के शासन में ये जगत बारम्बार सृजित और विनष्ट होता रहता है भगवान की समझ लो एट ठीक है तो मया अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष में तो होता है सारा कुछ सरपंच है अब सरपंच से नीचे जो भी अधिकारी होंगे घर तो हो का हिसाब से कार्य करेंगे अपनी मर्जी से तो करेंगे नहीं नहीं तुम ईट मांग रहे हम ईट नहीं देंगे हम पानी देंगे पहले तो हो पाएगा काम नहीं हो पाएगा और बता रहे कि भगवान पूरे जगत के प्रेसिडेंट है और ये प्रकृति है ये क्या है ये प्रकृति एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर मतलब पूरी प्रकृति का भगवान मालिक होगा प्रेसिडेंट और भगवान हो ये सारा कुछ हो रहा है आज ही मैं किस्मत पढ़ रहा था आज तो सुन रहा था क्लास में उसमें मतलब जो योगी होते हैं तो वो जो वायु मतलब जो जाते हैं आकाश मार्ग से तो ऐसा नहीं आकाश में मार्ग एक तरीके से पूरा पूरा दिखाया गया उसमें पूरा मार गया पहले जैसे फ्लाइट से आते ना तो यहाँ स्टॉप आएगा फिर यहाँ स्टॉप आएगा ऐसे से ऊपर जाएंगे फिर पे वहाँ पे उनको अग्नि देवताएं है वहां पे जाके स्टॉप मिलेगा वहां पे उनके पाप आप सब खत्म हो जाएंगे वहां से फिर वहां जाएंगे इस तरीके से वहां रहेंगे फिर सत्य लोग पहुंच जाएंगे सत्य लोग पे पहुंचने के बाद वहाँ पे वो ब्रह्मागी जब तक आई तब तक रहेंगे उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे ऐसे करके योगी भाई जो जो जब फ्लाइट का रास्ता कैसे मिलेगा ध्रुव लोग जा सकते हैं ध्रुव लोग तो दिखता है तारा दिखता है ना धीरे धीरे मजा ही नहीं आएगा उसमें तो उसमें डुप्लीकेट लगेगा ना सब दिखावा मतलब वैसा लगेगा ना क्योंकि आंखे खुल रही है ना धीरे धीरे ज्ञान सामने आ रहा है तो फिर वो सब चीजें तो भगवान तो सारा कुछ भगवान के अध्यक्षता में होता है पर भगवान बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते तो इसमें एक बताते हैं प्रभु तो जी एक व्यक्ति था वो विदेश से आया वीजा पे आया था विदेश से आया था इंडिया में देखने के लिए मैंने सुना है बहुत बहुत मशहूर चीजें इंडिया में हर चीज इंडिया में दिखती है तो आया अब उसका टाइम हो गया था जाने का बट वो थोड़ा और देखने चक्कर रुक गया तो उसका वीजा एक्सपायर हो गया अब जाए कैसे और अनजान था मतलब तरीके से मतलब कुछ वैसे नॉलेज नहीं थी भारत के बारे में तो वो गया अब किसी से पूछ लिया अभी वीजा ऑफिस में आए वीजा ऑफिस पहुंच गया वीजा ऑफिस में देखा तो वहाँ पे सरकारी लोग हैं सब कोई सो रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई चाय पी रहा है दे दी एप्लीकेशन कहा ठीक है अभी नहीं होगा आना एक महीने बाद एक महीने बाद आना चला गया अब बेचारा कुछ ना कुछ करके कैसे रह रहा था एक महीने बाद गया अभी नहीं फिर एक महीने बाद आना तो वहाँ पे कोई काम ही नहीं कर रहा सरकारी ऐसे करते करते चार महीने हो गए पांच महीने वो गया तो उसने आज छोड़ दी पता नहीं वीजा बनेगा कि बनेगा ये तो कुछ काम करते नहीं है ये वो और देखता है कि अचानक उसके पास मैसेज आ जा जाता है मैसेज मतलब चिट्ठी आ जाती है कि तुम्हारा वीजा बन गया होता है ना अचानक एकदम सरकारी मैसेज एक आ जाता है तो मैसेज आ गया तो वो जाता है पूछता है वहां पर ये बताओ मैं चार महीने से यहाँ आ रहा हूँ आप लोग तो कुछ कार्य नहीं करते कुछ कार्य करते नहीं बैठे रहते हैं वीजा बन कैसे गया कह रहा सब भगवान भरोसे है यहाँ सब भगवान भरोसे चलता है बहना चाहिए इंडिया हैुरु से क्या फिर मैं मिलना चाहूंगा भगवान से तो मिलना चाहूंगा भगवान इंडिया में भगवान मिलने कमी है तो बाहर निकलो भगवान ही भगवान है दुनिया भर के भगवान है जो उठाने देखे ना एकदम शॉपिंग मॉल की तरह बना दी भगवान किसी को दुर्गा भगवान को सब दुर्गा डाल दिया दुर्गा गणेश तो गणेश डाल दिया शिव तो शिव डाल दिया करके तो अब वो भी पूछता पूछता मंदिर एक बड़ा मंदिर था वहां पहुंच गया मंदिर तो मंदिर पुजारी से पूछता है की भगवान से मिलना है भगवान से मिलना है रहते हैं जाओ मिल जाओ जो मिल लो पुजारी पुजारी था था वो वो तो तो तो उसके बाद बने थे सबके तो सबसे पहले जाता है नवग्रह तो नवग्रह बीच में सूर्य देवता थे सूर्यदेव अब सूर्यदेव से तो उनको देखता है कह रहे यही भगवान है क्या कह रहे ये भगवान है कह रहे ये तो फिर डरपो भी ऐसा लग रहा है नौ लोग इसके ऐसे खड़े हैं जो बीच में ही खड़ा है हो सकता है नौ उसके पहरेदार होंगे कुछ होंगे बीच का भगवान होगा अब सूर्यदेव का देखते हो रथ पे कहीं सूर्य छपा रहता है रथ भी था वहां पे तो वो सोचता है कि रथ है तो फिर ये भगवान नहीं होगा रथ पे भगवान तो, अब वो अपनी बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास कर रहा है अपनी बुद्धि से, से आ रही है। ये आवाज कहा किसी का अनम्यूट है क्या हाँ ठीक है विशाल था मैं पे था हाँ तो अपनी बुद्धि से तर्क से समझना चाह रहा था भगवान को तो कह रहे ये नहीं हो सकते ठीक है तो कोई बात फिर आगे चला आगे चला तो दूसरा मिला हनुमान जी का कह रहे ये हो पर्वत को उठा रखा यही भगवान है सोचना फिर कह रहे तो ये भगवान नहीं। ये तो राम राम बोल रहे हैं कुछ बोल रहे हैं मतलब ये तो कुछ कुछ बोल रहे हैं पूछ है। ये लग नहीं रहे मतलब तो पहले एकदम लग, लग रहे हैं फिर लग नहीं रहे कुछ ना कुछ उसमें नुक्स वैसे दिख रही ना कि नहीं है कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। जो किसी दूसरे का नाम ले रहा हो भगवान तो ही नहीं सकता तो कह रहे नहीं ये तो खुद ही नहीं ये नहीं होंगे ठीक है फिर आगे आगे गया तो शिव जी अब शिव जी बैठे ध्यान में ऐसे पक्का यही भगवान है यही है लेकिन उसने ध्यान से देखा शिव जी भी ध्यान में है ध्यान किसका कर रहे हैं यानी किसी का ध्यान कर रहे हैं तो वो भगवान होगा तो ये नहीं भगवान ठीक तो है ये भी नहीं और सांप आप डाल रखे तो फिर वहां से आगे बढ़ा और वहां से आगे बढ़ा तो फिर दुर्गा जी अब उन्हीं पत्नी आ गई दुर्गा जी तो कह रहे ये भगवान है यही भगवान होंगे मैंने सुना है कि माता बड़ा शक्तिशाली होती है माता यही भगवान होंगे फिर कहते हैं ये भगवान कहां से कहते तलवार ले रखी है ऐसा लग रहा रक्षा जैसी पोजीशन में खड़ी है ऐसा लग रहा है कि किसी पे धावत बोलने वाली है ऐसा तो लग रहा है कि ये तो बहुत तलवार पकड़ रखी है त्रिशुल पकड़ रखा है ये सब कर रखा है ये नहीं होंगे अब फिर आगे बढ़ा और आगे बढ़ा तो गणेश जी कह रहे गणेश जी यही भगवान होंगे देखो कितने प्यार से लड्डू खा रहे हैं कोई टेंशन नहीं चिंता नहीं फिर देखते हैं चूहे की सवारी चूहे पे बैठे नहीं फिर भगवान नहीं होगा चुहे चुहे पे भगवान होंगे थोड़ी होंगे तो अपने तर्क से समझना चाह रहा है ना भगवान को फिर आगे चलता आगे है तो फिर मिलते साईं साईं बाबा बाबा अब बाबा क्या कर रहे थे ऐसा कर ऊपर ऊपर कौन है, तो के, भी है के कोई हाँ हाँ ऊपर भी एक अल्टर है अच्छा ये ये कह रहे हैं ऊपर है कह रहे ये भगवान नहीं खुद बता रहे है ऊपर है मतलब सब कुछ वही है मालिक ऊपर गए अब ऊपर गए तो वहां मिला अल्टर उन्हें श्री सिधा रानी का श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का तो वहां पे वो देखते हैं कि श्री दादा रानी उनसे टेक के खड़ी हैं और कृष्ण आराम से बांसुरी बजा रहे हैं दो गाय खड़ी है और इनके पास तो कुछ काम ही नहीं है ये तो फ्री फंटी के दिख रहे हैं एकदम बांसुरी है और बगल में प्रेमिका भी है ये भगवान हो सकते हैं ये बिना टेंशन के खड़े है बाकी सब अभी तक तो देखे टेंशन थे तो यही भगवान हो सकते हैं तो फिर उसने प्रूव कर लिया ये भगवान है तो बाद में फिर पुजारी से पूछता है मिल रहा है नौ दस नहीं मिल रहा है हरे कृष्ण हाँ हरे कृष्ण अच्छा कोई नहीं मैं भेज दूंगा ठीक है तो मैं कहां पे था हाँ अब पुजारी पास के मिल गया भगवान हाँ मिल गए गया वही है क्या बांसरी वाले कि ओहो, बेड़ा गर्क बेड़ा गर्क नहीं बोला बोलना चाह रहा था कि हो गया तुम्हारा तो बेड़ा हो गया उद्धार हो गया तुम्हारा तो मतलब सही उसने समझा तो एक नॉर्मल दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो इंसान पता चला सकता कि भगवान कौन कुछ कर नहीं रहे ना उदासीन एकदम बाकी सब तो लगे हैं ना अपने कुछ कुछ में कोई कुछ किसी में लगा कार्य में लगे ही है कृष्ण ऐसे कि किसी कार्य में नहीं लगे हैं अब खेल कौन सकता है बताओ किसी को लीला देखिए खेल रहे हो सिर्फ कृष्ण खेलते ना फिर भी लोग इस दुनिया के लोग समझ नहीं पा रहे कृष्ण भगवान टेंशन फ्री होकर कौन खेल सकता है वो खेलना ही पसंद है सबको तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो नॉर्मल एक इंसान समझ जाता है कि भगवान कृष्ण ही है तो हम अनुभव से देखें तो कृष्ण के पास कोई काम नहीं है क्या काम है कोई काम नहीं है सब इच्छा मात्र से हो जाता है सब कुछ बाकी लगा रखे हैं सबको तो वही बता रहे तो इसी तरह भगवान सब सब भगवान ने रखे हुए हैं सारा मतलब सारा कुछ रखे हैं दुर्गा को रखा है शिव को रखा है सबको रखा है तो कृष्ण साधारण ग्वाल बाल की ड्रेस पहने रहते हैं तो लोग उन्हें देखे भ्रमित हो जाते हैं ये भगवान हो सकते हैं, ब्रह्मा, ब्रह्म, भ्रमित हो गए थे सबसे छुड़ा छुड़ा के खाना खा रहे हैं तो ये भगवान कौन सकते हैं अब मान लो कोई ताई सूट बढ़िया उसमें हो तो उसमेंगे ना अब ऐसे कोई घूम रहा हो ऐसे ही ग्वाल बाल में और गाय चरा रहा हो ऐसे करके तो लगेगा भगवान इसलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं ठीक है तो इसीलिए भगवान यहाँ पे ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं क्योंकि अगर कोई मालिक है कंपनी का फैक्ट्री का सब कुछ उसके अध्यक्षता में हो रहा है इच्छा मा से सारा कुछ हो रहा है मतलब जो बोल दिया लेकिन फिर भी साल में एक बार तो विजिट करने जाता है क्या हो रहा है ठीक तो है और बता रहे हैं कि ये प्रकृति अपने आप काम कर रही है कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं पर हम बता सकते हैं मैं मया अध्यक्षता तो प्रकृति भगवान के अध्यक्ष में रहकर कार्य करती है और यहाँ भगवान उदासीन कैसे हैं उदासीन वत तो इस विषय को और व्याख्या करता है तो भगवान सबसे पहले प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट काम काल शक्ति से दृष्टिपात करते हैं और उसके बाद फिर प्रकृति कर्म के अनुसार फिर प्रकृति करती है सिर्फ भगवान ने दृष्टिपात किया है बाकी पर प्रकृति करती है प्रकृति उनके कर्मों के अनुसार कर्मानुसार चर अचर प्राणियों से ब्रह्मांड की रचना करती है जिसमें चर प्राणी भी है अचर प्राणी भी और ब्रह्मांड की रचना करती है और अगर भगवान दृष्टिपात ना करें तो सृष्टि होगी नहीं होगी तो भगवान मेन कारण है जैसे प्रौपा जी लक्षण बताते हैं कि कृष्ण भावनाभावित होने का मतलब क्या है फिर तो से पूछ रहा हूँ कौन बताया कृष्ण भावनावित होने का मतलब क्या है हाँ कौशल प्रभु बताना चाह रहा है हरे कृष्णा हाँ हरे कृष्णा हर दस मिनट में कृष्ण का स्मरण हो हर दस मिनट में कृष्ण का स्मरण हो मतलब अपने आप ही करना पड़े जब करे करे के अपने आप ही स्मरण होने लगेगा फिर अच्छा <laughs> <laughs> चलो ठीक है हाफ हाफ ठीक है और कोई ना ना हमेशा मन लगेगा ठीक है यदि सही पर मैं वो आंसर दूंगा जो प्रोपाद जी ने बताया था Lecture. जैसे कि अगर कोई कपड़े को देखे तो कपड़े के मूल कारण को जो देख ले वो कृष्ण बना देता है। रहे तुम कपड़े देख क्या कपड़े के देख कभी कृष्ण कसम आता है मतलब यहाँ पे कपड़े का एग्जांपल दे रहा हूं पर उससे तुम हर चीज का एग्जांपल ले लो मतलब कोई भी चीज देख रहे हो उसके मूल कारण को देख पाओ तुम मूल कारण मतलब क्या है जैसे कि कपड़ा कहां से बना धागे से धागा कहाँ से आए इससे इससे कहां से आए पेड़ से पेड़ से होता है ना उसमें रुई निकलती है उससे मतलब उससे धागा बनता है ऐसे कर करके करके -कर कहा पहुंचोगे कृष्ण पे तो कपड़े देखो जो मूल कारण को समझ जाए कि मूल कारण मतलब देख ले वो कृष्ण आना चाहते तो वो हर चीज को देख लेकिन तो मूल कारण को देखेगा सीधा जैसे पहाड़ देखा तो पहाड़ को नहीं देख रहा वो मूल कारण को देख रहा है पहाड़ बना कृष्ण को तो वो कृष्ण बना देता है तो ये उसमें ये भी जाता है कि जो मन जिसका लगा हुआ है तो मन लगा हुआ है तो वो भी ठीक है और हर दस मिनट में नाम स्मरण आ रहा है अपने आप तो तब आ पाएगा आप, आप स्मरण जब तुम हर बार सोच रहे हो भगवान का तो ये भी ठीक है, है बता रहे थे कि जो मूल कारण को देख पा रहे हैं मतलब उसके पीछे मूल कारण को जो देख पा रहा है वो तो किसी भी वस्तु का मूल कारण क्या है कृष्ण ही है वो कृष्ण पे ही पहुंचोगे ठीक तो है और बता रहे हैं कि अगर भगवान दृष्टिपन ना कर ठीक है तो ब्रह्मा जी के इसी दिन में इसी दिन की अगर हम बात करें तो हम इतने ढीठ हैं कि हम अभी भी यहीं पढ़े हैं इसी दिन की बात करें कितने दिन निकल गए ब्रह्मा जी के सातवा चल रहा है ना तो छह निकल गए छत इकहत्तर युग होता है ना इकहत्तर योग कितनी बार निकल गया छह बार इकहत्तर इकहत्तर फिर भी हम यहीं पड़े हैं मतलब तो इतनी ढीट है इसका मतलब हम अपने आप में सोच के देखो कि अभी तक तो यही फंसे पड़े हैं अभी तक तो वहां के पास नहीं जाता है जले जाए तो होते नहीं यहाँ पे अब बैठे हैं तो इसका मतलब बाकी सब छोड़ दो अनंत वो जन्म छोड़ दो वो तो बहुत है खाली ब्रह्मा जी के दिन की दिन की बाद उसमें भी कितने साल साल साल उसमें फिर से, फिर से, फिर से सौ साल तो, तो, तो फिर पता ही नहीं कब से तो यानी तो कितने जन्मों से तब आके हमें अब कृष्ण वाणा मिल पाया है हमें लग रहा है ना कि अरे हम तो भाग्यशाली लोग देखो कैसे पागल है सिर्फ कृष्ण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं हमें समझ आ गया लेकिन सोच के देखो ना हम कब से थे अब समझ में आ आवाए ना तो वो लोग भी अभी उनका नंबर नहीं आया आएगा तब समझ में आएंगे भगवान नहीं चाहते भी। इतनी पुण्य उनके नहीं होती तो एक श्रुति कहती है कि जीवों को शरीर दिए जाते हैं माया के द्वारा और धर्म अर्थ काम और मोक्ष की व्यवस्था की जाती है जिसके प्रति वह अपने जीवन के कर्मों को फिर करते हैं उनके द्वारा करते हैं तो हम जीवन का कैसे कर्म करेंगे ये तो करते धर्म अर्थ काम मोक्ष चार चीजें इसी में करेंगे तो बता रहे हैं और एक बलदेव विद्याभूषण बताते हैं इसमें टीका में संधि मात्र संधि मात्र का मतलब होता है कि मतलब भगवान पास में हैं और देखते हैं जीव के क्या कर्म है और और उनके और प्रकृति को आज्ञा दे रहे हैं कि इसके कारण इसको ये प्राप्त होना चाहिए तो दे दो मतलब भगवान पास में होके ये देख रहे हैं कि इस जीव के क्या कर्म है और क्या कर्म है फिर प्रकृति को आज्ञा दे रहे हैं कि ठीक है तुम इसके हिसाब से इसको दे दो तो प्रभुपा लेते हैं फूल का फूल की सुगंध का फूल है फूल की सुगंध है तो फूल से फूल की सुगंध अलग है लेकिन आ वहीं से रही है लेकिन फूल तो दूर है लेकिन सुगंध आ रही है लेकिन सुगंध जब खुशबू आती तो हमें विकार आ जाता है ना कितनी अच्छी खुशबू है विकार आ जाता है ना मन अंदर इसी तरीके से भगवान में विकार आ जाता है मतलब विकार है भगवान में लेकिन वो पास नहीं है दूर है स्पर्श नहीं करते ऐसा एग्जाम्पल देंगे अभी ठीक है तो भगवान तो पढ़ दिया ठीक है और एक स्मृति भी है वो कहती है तो वो हम अभी आगे पढ़ते हैं ठीक है प्रपट पढ़ते हैं थोड़ा ज्यादा है। बड़ा नहीं है छोटा तात्पर्य यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं तो मई अध्यक्ष प्रकृति मतलब प्रकृति के अध्यक्षता उनकी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है वो बने रहते हैं लेकिन होते दूर है पृथक परमेश्वर परम इच्छा मय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है इसकी, इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूं जिस प्रकार पिता बालक उत्पन्न करके लिए करने के लिए माता के घर में वीर स्थापित करता है उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चित्तवन मात्र से प्रकृति के घर में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा में प्रकट होते हैं तो पता है ना? अंतिम कर्म क्या, क्या रह गया था उसके अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते ऐसा नहीं प्रत्यक्ष से आके आसक्त हो हैं वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं इस तरह प्रकृति क्रियाशील होती है और तुरंत ही सारी वस्तु उत्पन्न हो जाती है सारा प्रकृति करती है क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तु उत्पन्न हो जाती है क्योंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है किंतु जगत के से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है जब किसी व्यक्ति के समझ फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधि मिलती रहती है किंतु फूल और सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं अलग रहते हैं ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच में है अब इसको कैसे समझाऊं देखो भगवान छूते नहीं है मतलब वो दूर ही रहते हैं जैसे इत्र है इत्र का एग्जाम्पल इत्र होता है इत्र में खुशबू आती है इत्र है तो उससे दूर से खुशबू आएगी इसी तरह भगवान दूर से ही दृष्टिपात करते हैं स्पर्श नहीं करते हैं दूर से दृष्टिपात करते हैं स्पर्श नहीं करते हैं लेकिन अगर मान लो कि हमें फूल की खुशबू आ रही है फूल को देखते भी है सब कुछ है लेकिन लेकिन फूल से दूर है खुशबू आई ना फूल की फूल तो अलग है, है लेकिन दूर रहते हैं स्पर्श नहीं करता खुशबू आती है दूर से इस तरीके से तो वस्तुता भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता किन्तु वे ही इसे अपनी दृष्टिपात से उत्पन्न करते तथा व्यवस्थित करते हैं सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती यानी भगवान दृष्टिपात न करें तो कुछ नहीं हो तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं तो दृष्टिपात भी करते हैं व्यवस्था भी करते हैं देखते भी हैं, लेकिन रहते हैं अलग एकदम अगर इसीलिए तो भगवान को कोई मतलब नहीं होता ना कोई कुछ भी कर रहा हूँ लेकिन जब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे भक्ति में आ गए भक्ति करने लगे तो भगवान धीरे धीरे गाइड करते हैं हमें खुद पता चलता है ना हम कुछ गलत कार्य करें तो हमें आ नहीं की नहीं ये नहीं करना चाहिए अच्छा अगर अभी हम प्याज खाना चाहें तो कौन रोकेगा भगवान ही रोकेंगे रोके से पहले तो परमात्मा ही रोकते हैं ठीक है छोटा था कल का श्लोक बड़ा है कल का वो श्लोक आएगा नाम मूड़ा मीना जानांति है कौन सा वो अब जानती माम मूड़ा तो अब जानती माम मूडा यह आएगा कि दुनिया वाले मुझे नहीं मूर्ख लोग हैं तो मूड़ के बारे में बच्ची बात होगी जैसे प्रभुपात जी बताते हैं अपने एक लेक्चर में कि कोई भी गुरु बन सकता है तो गुरु बनना चाहिए और कोई भी अंश तो हो कृष्ण भगवान है और उनसे संबंध ये है और ऐसे स्थापित कर सकते हो इतना ही बताना है बस ये फिलोसफी बस फिलोसफी क्या ही तो है की हम आत्मा नहीं हम हम शरीर नहीं हम आत्मा है ये फिलोसफी नहीं है <laughs> ही मनाना है। नहीं है। अपना कुछ नहीं बताना है यही बताना चतर है कुछ लोग होते हैं कि गुरु नहीं बनाना चाहिए पता है तुम्हें अगर तुम गुरु गुरु के गुरु को क्या रोल है सीधा भगवान से सी डायरेक्ट कनेक्शन गुरु नहीं बनाना चाहिए ठीक है उसने उसके बाद मान ली तो उसने गुरु तो बना लिया ना उसके बाद मान ली पहले तो फिर गुरु की तो आवश्यकता हर पल पल पे तो हर किसी ने किसी कुछ न कुछ तो पूछ रहे ना वो गुरु से तो ये चीज समझनी है ठीक तो है हम रुकते हैं